हेलो गाइस कैसे हो आप सभी लोग आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में तो आप लोगों को पता होगा मैंने शाम को एक वीडियो अपलोड की थी ठीक है तो मतलब कल को वीडियो अपलोड की थी तो ये वीडियो आ जाएगी ठीक है तो ये वीडियो अपलोड की थो, थी तो मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने इसके बारे में नहीं बताया था कि ये टोकन हमको कहाँ से देखने को मिलेगा ठीक है तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इजी होने वाला है और आप सभी को बिल्कुल पता लग जाएगा ठीक है जैसा कि आप लोग को पता होगा इंडिया फ्री फायर इंडियन इस्पोर्ट चैनल है उस पर जा आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है ठीक है लाइव स्ट्रीमिंग देख लेनी है और जैसे ही चार लाख की वॉचिंग होती है हमको एक रिडीम कोड देखने को मिल जाएगा वो रिडीम कोड मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा आप लोग जल्दी से आके सभी रिडीम कर लेना ठीक है तो वो रिडीम कोड जैसे ही आप लोग फ्री फायर रिवॉर्ड्स री, पे जाके मतलब वेबसाइट पे आप रिडीम करोगे आपको टोकन देखने को मिल जाएगा वो टोकन सीधा आपके मेल बॉक्स में आ जाएगा ठीक है मेल बॉक्स में आ जाएगा तो मैंने बहुत सारी रिवॉर्ड अभी भी क्लेम करके रखे अभी तक डिलीट नहीं किया है तो मैं आपको एक सरबोर्ड दिखा देता हूँ जो कि मैंने क्लैम करके रखा है जैसा कि देख सकते हो नीचे जैसा कि देख सकते हो मेरे को ये सरबोर्ड मिला था या किसी ने नहीं बताया था कि ये रिडीम कोड आएगा मैंने बताया था और बहुत सारे बंदों ने रिडीम किया था ठीक है तो ये इवेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया या तो रिडीम कोड पे आएगा अब मैं या तो क्यों बोल रहा हूँ ठीक है ये रिडीम कोड पे आएगा नहीं तो आपके मेल बॉक्स में खुद ही वो आ जाएगा ठीक है आपको बस क्लैम करना है मेल बॉक्स में जा कर करना है और क्लैम करने के बाद आप बिल्कुल रिडीम कर सकते हो सिर्फ एक चीज़ ठीक है ये ऐसा नहीं कि चार टोकन आ जाएंगे सिर्फ एक चीज़ क्लेम कर सकते ठीक है तो आपके मेल बॉक्स में आ जाएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय टू ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लाइक करते